हेलो फ्रेंड मैं सचिन फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनो ऐप में अगर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप यूनो ऐप में जाएंगे आप लॉगिन करेंगे एमपीन पिन देंगे आप यहां से भी नीचे सर्विस एक्सपे जा सकते हैं या फिर थ्री लाइन पर क्लिक करके यहाँ से भी सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स आप एटीएम डेबिट कार्ड पे जाएंगे यहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड लिखना है अगर वो भूल गए हैं आप तो फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है या तो कोई या तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करिए या फिर अपने ए कार्ड का नंबर और ए पिन दीजिए तो अभी हम यहाँ से जैसे सिक्योरिटी क्वेश्चन में गए ये फ्रेंड्स वो क्वेश्चन है जो हमने जब अपना अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम पे हमने इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो जो भी आपने क्वेश्चन दिया था वो सिलेक्ट कीजिए और उसका जो आंसर आपने उस टाइम पे दिया था वही सेलेक्ट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे फ्रेंड प्रोफाइल पासवर्ड देने के बाद आप इसको यहाँ से कन्फर्म करेंगे प्रोफाइल पासवर्ड में यहाँ कुछ कंडीशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिटवीन एट टू ट्वेंटी करेक्टर होना चाहिए एक एल्फन भी होना चाहिए जीरो टू नाइन भी आना चाहिए ये आप यहाँ से देख सकते हैं फिर आप यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ से फ्रेंड दोनों पासवर्ड सेम देने के बाद फिर आपके फ़ोन में एक आएगा अब ओ टी लिखने के बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे वो यहाँ एक कंडीशन कह रहा है इफ़ योर फोन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम एसबीआई रिकॉर्ड प्लीज़ विजिट और एसबीआई ब्रांच अगर आपका एसबीआई में जो अकाउंट है वहाँ पे ये मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको एसबीआई की ब्रांच में जाना पड़ेगा आप यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे सबमिट पे क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर चेंज हो गया है अब आप दोबारा से इस पासवर्ड से लॉग कर सकते हैं और आपका जो ए पिन ब्लॉक हो गया था वो भी आपका अनब्लॉक हो गया है तो फ्रेंड्स आप करके देखना कोई क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट जरूर करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू